यह जोड़ी जमा आदमी पानी पी लो पीओ पानी रखें वो, वो भाई गाना गाते। हाँ, गाना गाते गाते हैं हैं बापू तो गुजरात में से? बंद तो उड़े जोधपुर देखा ये पर <laughs> <था। laughs> ये कर दिली। दिली। एक ही लाग। बाकी। में बाकी? मारवाड़ बापू आसाराम सुनो, फ़ायर ना, वो था कर दिया काम सुनो प्रतरिया के चक्कर में होगा था बदनाम सुनो और गलत कर्म की, गलत कर्म पर नीच डिगाई। फिर रटा सुनो। और जोधपुर की पीछे से चाकी, खंड डूब को रह बाकी। दूसरे में बताया कि रामपाल भी बहुत गणों का परम गुरु कहलाता था रामपाल भी बहुत का परम गुरु कहलाता था। जो कोई बनता चेला उसको सारी बात बताता था कुर्सी में एक बटन रखता दरवाजे पर आता था क्विंटल दूध दही से नाता था, था जिसको चेली बनाता है उसको वही दूध पिलाता था और, और दूसरा राम नहीं ने खुद को राम बताता था और बत्तीस करोड़ में, पकड़े को को डाकी। को बाकी। फिर में बता दिया आके। राम रहीम का पंचकूला में संजाव या दरबार सुनो राम रहीम का पंचकूला में संजाव या दरबार सुनो हरियाणा पंजाब की भाई दोनों सरकार सुनो दो करोड़ की बैठने खातर उसकी मोटरकार सुनो जब तक आता नहीं ओड तब तक ओड़ करार नेारो पंद्रह दिन तक जान सुनो, और हेलीकॉप्टर से पकड़ लियो ना तो साला की, भरतखंड डूब गए गया बाकी फिर लास्ट में बताया अब शिवनाथ का संतडूब का सारी बात बताऊं के शिवनाथ का संतडूब का देश छोड़ कर जाऊंगे और आधा चेला नुगलाऊंगे एक पढ़िया लिखा और नेता डूब गया सारी बात बताऊं के एक प्रिया बोली साजन में मैं भी गुरु बनाऊंगी अरे तीन राम तो को एकदम चौथा राम में जाऊ के और हंसराज के कभी डूबगा आगे और कालो डूबगो गो वर्दी डूब गई डूब डूबगो सार्वज के रहे गर्बा की तुम तो खाला बैठे प्रो राम में तो जाओ और बस कह रहा है ये सट्टा गोफाली गला क्या अरे <फिए> <फिए> प्रोग्राम की बात हैं तो बात अलगाम जी प्रोग्राम था सारी लिखवाया प्रोग्राम से कर भी दे लो ये प्रोग्राम की तो मेरा ही खातल तो था मालम से लोग बहुत ज्यादा कुछ लोग ज्यादा मतलब नफरत करें थे समझो जो थे बात क्यों ये गाना चापसाई का ज्यादा सुनना से जो बोला आप तो सप्ताह में एक दिन दे दो मौत हो गया